इसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सोच समझ ले क्योंकि चीनी और नमक का कलर एक समान होता है लेकिन दोनों का हमारी जिंदगी में अलग अलग काम होता है यू ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां वो भी हमें यही सिखाना चाहती है कि किस्मत से पहले मेहनत होती, होती है आप जीवन में चाहे कितनी भी भलाई कर ले। लेकिन उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती करने तक ही सीमित रहती है आंखें भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए सिर्फ सूरज निकलने से अंधेरा नहीं जाता अमीर तो नहीं हूं लेकिन शतरंज के शौकीन नहीं है समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें क्योंकि यदि कभी नीचे आए तो सामना इन्ही लोगों से होगा तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता बात चाहे कारोबार की हो या फिर रिश्तों की जिसमें नुकसान उठाने की ताकत होती है वही मुनाफा भी कमाता है हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति भी एक दिन कमजोर होता है और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी एक दिन गलती करता है हर किसी से नम्रता से बात करो मीठा बोलने वाला कभी हारता नहीं है किसी का दिल दुखा कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना रात भर चैन की नींद आना आसान नहीं उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी जो लोग बिना ठोकर खाए मंजिल तक पहुंच जाते हैं उनके हाथ अनुभव से खाली रह जाते हैं। किसी को भी इतनी अहमियत मत दो कि जब वो छोड़ कर जाए तो तुम जी ना सको दूसरों के दुखों के बारे में जानकर कभी खुश मत होना क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके आगे आने वाला समय कैसा होगा अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब गुणों का स्वामी भूल जाता है कि प्रशंसा उसकी नहीं बल्कि उसके गुणों की हो रही है जीवन मिलना भाग्य की बात है मृत्यु होना समय की बात है लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है कोई फर्क नहीं पड़ता कि गर्क नहीं पड़ता की आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते आप कितने ही लंबे क्यों ना हो आप आने वाले कल को नहीं देख सकते कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है क्योंकि अंधेरा होने पर रोशनी की जरूरत पड़ती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और आपके पास कितनी गाड़ियां हैं। क्योंकि घर के बाथरूम तक जाने के लिए आपको पैदल चलना ही पड़ेगा इसलिए संभलकर चलिए जिंदगी का सफर छोटा है इसे हंसते हंसते काट दीजिए इतनी आदत ना डाले चारों की वक्त के साथ अक्सर यह बदल जाया करते हैं सेवा सबकी कीजिए लेकिन आशा किसी से मत रखिए क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ दे सकते हैं इंसान नहीं ऐसा जीवन जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो कोई उस पर विश्वास ना करे सब मिल जाएगा तो तमन्ना किसके करोगे प्यास बनी रहे, ये जरूरी है। मेरी औकात से ज्यादा मुझे कुछ मत देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है इंसान भी क्या चीज है जानवर बोल दो तो चिड़ जाता है और शेर बोल दो तो खुश हो जाता है जिलोई जिंदगी को जी भर के वरना एक दिन ऐसा आएगा की आपके कार्यक्रम में सब होंगे बस आप नजर नहीं आएंगे हिम्मत इतनी थी कि समुद्र पार कर सकते थे लेकिन मजबूर इतने हुए कि दो बो ने डुबो दिया। कुछ रखना, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देती हमेशा अपने काम को लेकर जिद्दी बनना लेकिन जिद खुद से करना दूसरों से नहीं हमेशा सभी का सम्मान करना और हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करना क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास गुण जरूर होता है लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब आप उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं हमारा तजुर्बा हमको सबक ये सिखाता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है अपने बड़ों की बातें हमेशा ध्यान से सुने इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं बल्कि इसलिए क्योंकि गलत होने का अनुभव उनके पास आपसे ज़्यादा है कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है मुस्कुराने के लिए रोना पड़ता है यू ही नहीं होता है सवेरा सुबह होने के लिए रात भर सोना पड़ता है अच्छा नहीं लगता किसी को बार बार अपनी याद दिलाना अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह एक मांगो तो हजार मिल जाती है और दुनिया की सबसे महंगी चीज है सहयोग हजार से मांगो तब जाकर एक से मिलती है ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो लेकिन नींद हमेशा पूरी होती है अच्छे लोगों के साथ अच्छे रहे लेकिन बुरे लोगों के साथ बुरे नहीं क्योंकि पानी खून साफ कर सकता है लेकिन खून खून साफ नहीं कर सकता असफल लोगों के तीन लक्षण जो आप में कभी नहीं होना चाहिए सबसे पहला ये अहंकारी होते हैं ये अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और सभी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे रावण और कंस दूसरा टाल मटोल की होना। इनका खुद का कोई नहीं होता है। ये दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं अकेला जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता चलता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के की एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं है लेकिन उसकी एक खूबी है कि वह कभी बदलता नहीं है बातचीत तो शब्द ही है लेकिन की जाए तो दिलों के कई मेल धुल जाते हैं। याद रखना यह रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत भी लगा देते हैं। हैं आपको गलत समझना है वो आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे धन की गरीबी नहीं बल्कि मन की गरीबी इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते जो आवाज तुम ना दो तो बोलते वो भी नहीं कोई अच्छा लगे तो उसे प्यार मत करना उसके लिए अपनी नींद बर्बाद मत करना दो दिन तो आएंगे बड़ी खुशी से मिलने तीसरे दिन कहेंगे अब इंतजार मत करना तेरी तो फितरत थी सबसे मोहब्बत करने की हम बेवजह खुद को खुशनसीब समझने लगे भुला देंगे तुम्हें भी थोड़ा सब्र तो कीजिए तुम्हारी तरफ बेवफा बनने में थोड़ा वक्त लगेगा जब कोई दूसरा मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है साथ कभी कभी कुछ मजबूरिया मोहब्बत से ज्यादा गहरी होती हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो साथ नहीं थे अपने रब के फैसले पर भला शक कैसे करो अगर सजा दे रहा है वो तो कुछ तो गुना किया होगा कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है इन सबसे जितना दूर रहोगे उतना ही ज्यादा खुश रहोगे मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में आजकल ये हालात है कि फेसबुक पर तो पांच हजार दोस्त हैं लेकिन असल जिंदगी में पड़ोसी से भी बोलचाल बंद है उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है बल्कि उसकी खद्र करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझ मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ बोली बता देती है की इंसान कैसा है और बहस बता देती है कि उस इंसान का ज्ञान कैसा है। जब भी आपका अतीत है, और उनसे दूर रहो जिनकी खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी जो इंसान हमारे ऊपर हक जताने में सबसे आगे रहते जब फर्ज निभाने की बारी आए तो सबसे पीछे हो जाते हैं जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आके वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है कल इतनी थी और आज इतनी बढ़ गई ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें पछतावा करना छोड़ो कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए अपनी किस्मत को खुद ही लिखना पड़ेगा ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखा लोगे मन के जिस दरवाजे से शकंदर आता है उसी दरवाजे से प्यार और विश्वास बाहर चला जाता है उतना कहा करो जितना सुन सको लोग भी मुंह में जुबान रखते हैं जमीन पर टिक नहीं सकते और बात आसमान की बात करते हैं, हैं। आजकल कुछ लोग अपनी औकात ज़्यादा बात, बात करते हैं कौन क्या किया है मुझे सब पता है फिर भी अनजान रहता हूँ किसी की इज्जत उछालना मेरी फितरत में नहीं चल अब तू अपना हुनर आजमा के दिखा निकाल दिया तू जद अब जगह बना के दिखा जिस इंसान को हद से ज्यादा दर्द मिलता है वो रोता नहीं खामोश हो जाता है दिल का अच्छा हूं इसलिए सब सह लेता हूं तमाशा करने लगा तो जिंदगी जीने के लिए छोटी पड़ जाएगी वाकिफ तो रावण भी था अपने अंजाम से जिद तो बस अपने अंदाज से जीने की थी ज्यादा समझदार और ज्यादा मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते कहते हैं काला रंग अशुभ होता है लेकिन स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है मुकाम वो पाना कि जिस दिन बिहार हो जीतने वाले से ज्यादा चर्चे आपके हो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 आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डाउटनेट ऐप के बारे में यदि पढ़ाई करते समय आपको मैथ फिजिक्स बायो केमेस्ट्री में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप यूज कीजिए डाउटनेट ऐप जो भी प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है उसका फोटो खींचे उसे क्रॉप कीजिए और उसे सबमिट कर दीजिए और दो सेकंड के अंदर आपके सामने उसका उत्तर होगा यहाँ पर आप छठवी ऐसी लेकर बारवी तक और आई टी नीट जैसी की तैयारी आसानी ऐसी कर सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दुनिया की सबसे बेहतर जिम्मेदारी है एक बार लेखे तो देखिए जिंदगी भर थकने नहीं देखी जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर का मत देखो वरना जो आगे मिलने वाला है वो भी खोदोगे लोग कहते हैं दुख बुरा है जब भी आता है रुलाता है लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा है जब भी आता है को सिखा कर जाता है जिस पर तुम्हारा वश न हो उसके लिए दुखी होना बंद करो याद रखना अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती एक बुरे माहौल में रहने के बजाय अकेला रहना ज्यादा बेहतर है कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है जिंदगी की कुछ बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक खुद पर ना गुजरे अकेले ही लड़ना होता है जिंदगी की लड़ाई लोग सिर्फ़ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना दुश्मनों से कोई खतरा नहीं बस अपनों पर नजर रखना जिंदगी में एक ऐसा अंदाज रखो जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो गलती माफी मांगने से नहीं सुधारने से सही होती